नमस्कार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन दिनांक 10 सितंबर मंगलवार दिन के दैनिक राशिफल में दर्शकों आज का राशिफल क्या कहता है मंगलवार का दिन मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या नई सौगात लेकर के आया है इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे आगे बढ़े दर्शकों आप लोगों से बताना चाहेंगे दिनांक चौदह और पंद्रह सितम्बर को दिल्ली आगमन हो रहा है इच्छुक दर्शक जो कोई भी दिल्ली से हैं आप लोग मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो दर्शकों विक्रम संबत् दो हजार छिहत्तर तक मंगलवार दिन रहेगा और सूर्योदय होगा प्रातः पाँच बजकर तिरपन मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को छह बजकर तेरह मिनट पर चूंकि दर्शकों पंचांग पांच अंगों से मिल करके बना होता है ये पांच अंग है तिथि व नक्षत्र योग करण तो शुक्ल पक्ष चल रहा है द्वादशी तिथि रहेगी इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि रहेगी द्वादशी में हमने आपको बताया था कि मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए और त्रयोदशी तिथि में बैगन नहीं खाना चाहिए योग जो रहेगा दर्शकों ये रहेगा शोभन इसके उपरांत अतिगंड योग रहेगा करण जो रहेगा ये रहेगा वब बालो और अंतिम जो करण रहेगा ये रहेगा कौलव करण मंगलवार दिन रहेगा मंगलवार का जो राहु काल दर्शकों होता है एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना है दोपहर तीन बजकर आठ मिनट से चार बजकर इकतालीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा देखिए दर्शकों स्थान परिवर्तन करने से राहु काल का समय भी चेंज होता है जैसे आप दिल्ली में होंगे तो वहाँ राहुकाल कुछ और होगा ये पंचांग लखनऊ को मानक मान करके बनाया गया है तो लखनऊ इसके आस के जो क्षेत्र वासी हैं तीन बजकर आठ मिनट से चार बजकर इकतालीस मिनट तक का समय राहु काल का माने ज़्यादा अच्छा रहेगा अब शुभ कार्यों को करने के लिए हम आप लोगों को एक टाइम बता देते हैं इसमें काम करिएगा शुभ काम आप करिएगा सुबह ग्यारह बजकर उनतालीस मिनट से बारह बजकर अट्ठाईस मिनट के बीच करिएगा ये जो मुहूर्त रहेगा विजित मुहूर्त रहेगा मंगलवार दिन और दिशाशूल की बात ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता तो उत्तर दिशा की ओर दिशाशूल होता है यदि उत्तर दिशा की ओर आपको यात्रा करनी पड़े तो प्रयास आप ये करिएगा कि पहले आप दक्षिण दिशा की ओर चार पग चल लीजिएगा उसके उपरांत उत्तर दिशा की ओर यात्रा करिए और गुड़ खा करके जी हाँ मंगल की वस्तु है गुड़ गुड़ और जल का सेवन करके फिर आप यात्रा करेंगे तो आपकी यात्राएं भी सफल होंगी और आपके जितने काम हैं ये बनेंगे चलिए से दर्शकों राशि फल पर आगे बढ़ते हैं कि हमारी मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए मंगलवार दिन क्या कुछ नई सौगात लेकर के आया इस पर हम चर्चा करते हैं तो मेष राशि के जातको आज आपका दिन बेहतर जो है बीतेगा परिवार के साथ बेहतरीन लम्हे आज आपके गुजरेंगे आज उमदा दिन रहने वाला है खासकर के स्टूडेंट्स वर्ग जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं उनके जो है मनोरथ सिद्ध होंगे स्वास्थ्य आज बेहतरीन रहेगा जीवन साथी से अपने दिल की बातें करने का आज आपको समय मिलेगा कोई राज की बात आज, आज आप उनको बता सकते हैं कोशिश कीजिएगा कि आज गायत्री मंत्र की एक माला का आप लोग जब करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन तो आज का दिन देखिए फेवरेबल रहने वाला है बनी हुई योजनाओं के अनुसार यदि आज आप काम करते हैं तो जल्दी ही सफलता आपको प्राप्त होगी घर का माहौल आपके काफी खुशनुमा रहेगा परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है ऑफिस के काम में आज ज्यादा समय दे पाएंगे संतान से आज, आज आपको सहयोग मिलेगा धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है परिवार में साझेदारी से कोई बहुत बड़ा फायदा हो सकता है दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी आज के दिन ब्राह्मण को कुछ आप दान करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा शुभ अंक सावधानीपूर्वक करेंगे सहकर्मियों से मदद प्राप्त होगी पारिवारिक कामों को निपटाने में आज आप सफल होते हुए नजर आएंगे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आज आपके जो है जीवन में आ सकता है जिनसे आज आपको आगे सहायता मिलेगी माता के सहयोग से आज कोई बहुत बड़ा काम आपके फेवर में हो सकता है ऑफिस में आज सहकर्मियों से आज अपने अलर्ट रहिएगा बॉस से आपकी शिकायत वगैरह कर सकते हैं आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि हनुमान अष्टक का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर कर्क राशि के जातकों को कैसा रहेगा आज का दिन दिन सामान्य रहेगा बहुत से कामों का बोझ आज आपके ऊपर रहेगा आज आपकी ऊर्जा का लेवल जो रहेगा ये थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखाई पड़ रहा कारोबार से जुड़ी कोई बात आपको परेशान कर सकती है अपने मन में जो है आज कोशिश कीजिए कि नेगेटिव थाट्स को मत आने दीजिए सेहत को लेकर के सतर्क रहने की आज जरूरत है कर्क राशि के हैं और आप स्टूडेंट हैं तो आज बहुत ज़्यादा मेहनत करनी आपको पड़ेगी कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक सिंह राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आज आपका दिन साहब मिला जुला रहेगा अपने नजदीकी लोगों से आज व्यवहार से आपको थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है उच्च अधिकारियों का आपके अपेक्षित सहयोग न मिलना आपके जो है मन में थोड़ी सी बेचैनी ला सकता है दोस्तों के साथ आज आप कहीं पर बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं आज अचानक धन लाभ होने के योग आपके जो है भाग्य में बन रहे हैं आपको कुछ मामलों में फैसले लेने में आज थोड़ी मुश्किल होगी आज के दिन कोशिश कीजिए कि जीवनसाथी को जितना ज़्यादा खुश रखेंगे उतना अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा आज रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात कन्या राशि जी हाँ कन्या राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आज का दिन बढ़िया रहेगा व्यावसायिक योजनाएं कामयाब होगी प्रेम प्रसंगों में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी नए लोगों से आज जान पहचान लाभदायक सिद्ध होगी मित्रों के साथ आज आपका जो है दिन अच्छा बीतेगा का, कारोबार में बढ़ोतरी होगी उत्साह के साथ आपके काम आज पूरे होंगे आज कोशिश कीजिए कि गाय को गुड़ जरूर खिलाइए और कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले गुड़ खा करके जरूर निकलिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा आपके लिए हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा कुछ राशियों की हमने दिशा बताना भूल गए हैं तो इसके लिए क्षमा प्रार्थियाँ देखिए दर्शकों तुला राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो दिन नॉर्मल रहेगा नई चुनौतियों से दो चार होना पड़ेगा ज्यादातर मामलों में आज आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं उतावले हो सकते हैं अपने आप से आज आप संतुष्ट नहीं रहेंगे आज ऑफिस में किसी व्यक्ति से आपकी कुछ बहस हो सकती है अपनी सेहत का खासतौर पर आज आपको ध्यान रखने की सितारे सलाह दे ज्यादा मसालेदार भोजन खाने से बचिए भगवान विष्णु के दर्शन करिए विष्णु सहित का पाठ करिए मन आपका शांत रहेगा शुभ कलर रहेगा नीला शुभ अंक रहेगा आठ शुभ दिशा उत्तर वृश्चिक राशि कैसा रहेगा तो रहे अच्छा दिखाई पड़ेंगे जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे जरूरतमंदों को आज वस्त्रों का दान करिए और आज हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिए आपके घर में सुख समृद्धि आएगी शुभ कलर रहेगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा आज शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा सेजिटेरियस धनुराशि क्या कुछ कहता है मंगलवार का दिन तो बहुत बड़ी समस्याओं को सुलझाने का आज दिन रह, जो है रहेगा आज आपके खर्च अचानक से हो सकते हैं जीवन में आगे बढ़ने के आपको मौके मिलेंगे विदेश यात्राओं का योग बन रहा है आज किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से मुलाकात होगी जो कि आपके लिए जो है चिरकालीन संबंध स्थापित करते हुए दिखाई दे रहे हैं रिश्तों में संतुलन की स्थिति बनी रहेगी परिस्थितियाँ आपके फेवर में रहेंगी कोशिश कीजिएगा कि मंदिर में हल्दी की एक चढ़ाइए सब कुछ बेहतर आपके जीवन में रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा शुभ शुभ अंक आपके आपके लिए रहे ये रहे चार दिशा आपके लिए रहेगा रहेगा चार दिशा दिशा रहेगी रहेगी दक्षिण जी मकर राशि मकर राशि के जातकों आज कैरियर में कुछ उदार चढ़ाव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आपके पैसे बहुत ज्यादा खर्च रहेंगे मन आज आपका अशांत रहेगा आज आपके कुछ जरूरी काम अधूरे रहेंगे धन लाभ आसानी से नहीं हो पाएगा बिना किसी बात के किसी से उलझिएगा नहीं तो बेहतर रहेगा बेहतर होगा आज अपने मन को आप शांत रखिए संयमित रखिए जल्दबाजी में काम करने से आज आपको बचना रहेगा हनुमान जी की आराधना करनी रहेगी सुंदरकांड का आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज सेफ्रॉन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम कुंभ राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आज कुछ कर दिखाने की इच्छा जागेगी कोई एक्स्ट्रा इनकम या कोई जरिया शुरू जो है आज आपका बनता हुआ नजर आएगा घर से भी अपना कोई आज आप पर्सनल काम शुरू कर सकते हैं आपकी दिनचर्या में बदलाव आ सकता है आज किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार के साथ बातचीत के योग बन रहे हैं कहीं यात्राओं का जा, जाने का कार्यक्रम बन सकता है कोर्ट कचहरी के मामलों में आज, आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा और खर्च करने से आज बचिएगा शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन हनुमान जी को का लड्डू जरूर चढ़ाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर पूर्व अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों अंतिम राशि पर आगे बढ़े आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए और हाँ अगर दिल्ली में मिलना चाहते हैं चौदह और पंद्रह तारीख को और आपके जीवन में कोई बाधाएं आ रही है उनका निवारण चाहते हैं तो हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं एक भविष्यवाणी हमने की थी चंद्रयान दो को लेकर के तमाम हमारे देश में जो है लोग रोने धोने लगे थे कि अरे देश का सब झुक गया अरे ऐसे कैसे झुकेगा आप उस धरती पर रहते हैं जहाँ पर ईश्वर साक्षात अवतार लेते हैं तो भारत देश को झुकाना नामुमकिन है कुछ दैवीय शक्ति हैं हम लोगों के साथ जो हर समय हम लोगों की मदद करती हैं जाने जाने में तो चंद्रयान का देखिए पता भी चल गया जो विक्रम था विक्रम का पता चल गया संपर्क भी उससे बहुत जल्द ही स्थापित होगा और ये चीज़ सबसे पहले यूट्यूब पर और फेसबुक पर शायद कोई और नहीं हम लेकर के आए थे बाकी जो लोग देख करके नकल करें तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है लेकिन इतना जानते हैं कि जो हम हैं वो हम हैं जो और हैं वो और हैं तो दर्शकों अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि आज माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं घर में नए मेहमान के आज आने की संभावना है आज आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा जीवनसाथी के बीच सामंजस्य बना रहेगा ब्लड प्रेशर की कुछ शिकायत रहेगी आज आप चिकित्सीय परामर्श के लिए डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं आज घर में किसी की आने से आपकी खुशियां दोगुनी हो जाएगी कोई बहुत बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ हो सकता है सूर्यदेव को जल में थोड़ा सा चावल और लाल पुष्प डाल करके आज आप जल अर्पित करते हैं आदि हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं तो दिन आपका बेहतर जाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छे शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम कमेंट के माध्यम से बताइए और फिर कह रहे हैं नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन दबाइए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए राशिफल में तब तक के लिए नमस्कार